हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो आज के वीडियो हम बताने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर से बैटल ग्राउंड गेम को कैसे डाउनलोड करें बहुत पहले बहुत प्रोसेस करना पड़ता था तब जाके डाउनलोड होता था अब इजी है एक एक क्लिक में डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले आपको जाना होगा प्ले स्टोर में प्ले स्टोर में जाने के बाद प्ले स्टोर में जाने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा यहाँ पर सर्च करते ना बैटल ग्राउंड मोबाइल इन इंडिया आ जाएगा आप यहां से इंस्टॉल कर सकते हैं एकदम आसान है थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो